सिंगरौली में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर यंग इंडिया रन मैराथन का आयोजन किया गया इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता व सिंगरौली विधायक रामनंद लुबैस सहित युवा मोर्चा कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे सिंगरौली में जिला भाजपा युवा मोर्चा द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर यंग इंडिया रन मैराथन का आयोजन किया गया जिसे भाजपा जिला अध्यक्ष राम गुप्ता सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैस गिरीश द्विवेदी व राम निवास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया यह मैराथन दौड़ नगर के विभिन्न मार्गों से होकर वापस मजन मोड़ पर आकर सम्पन्न हुई वहीं इसके साथ ही भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने माड़ा में भी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जिसमे आमजन के साथ ही युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें